जय अगर आप आप ने वाले वीडियो चाहते वीडियो आप वीडियो तो सबले पहले अपन मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाने है। क्रोम हैंजर में जाए के बाद इसे कुछ खुल के आई होकर आप मतलब ऊपर में सर्च करना है CG लिरिक्स। CG लिरिक्स कर एक बाद इंटर कर देना है इंटर करे के बाद इसे आई ऐसे कुछ इंटरफेस आप मैं देखे मिली बहुत सा लिंक है वो, कोई भी लिंक में आप क्लिक कर सकते हो मैं पहला लिंक में क्लिक कराता फिर आप जो भी सॉन्ग के लिरिक्स चाहिए सीजी लिरिक्स वो मिल से मिल जी बोलो आप मैंने यहाँ से कॉपी कर लो आप मन जो भी सॉन्ग के लिरिक्स निकालना चाहते हो ऐसे नाम सर्च करके निकाल सकते हो कोई भी सॉन्ग के नाम सर्च मार के निकाल सकते हो से लिरिक्स कॉपी करके आप जिम्मे भी पेश करना चाहते हो या स्टेटस हो गया कुछ भी जो बनाना चाहते हो मैं पेश कर सकते हो किसान वारी हो आप मैंने आगे में देखे हो वीडियो उसने इसने एडिटिंग करना चाह तो चैनल सब्सक्राइब कर लूँ एक एडिटिंग वाला वीडियो जल्द ही आने वाले है तो देखो संगवारी हो जो हम कॉपी का लिरिक्स में पेस्ट हो चुके हैं